अल्लाह ने हम लोगों से एक सच बोला है और वो सच हमें कड़वा मालूम होता है सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन अक़लमंद क्या करता है इस कड़वे सच को मान लेता है अल्लाह ने सच बोला व अन्ला या बसुमन फिलकबूर ऐ लोगों तुम लोग मरने के बाद बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते आपकी रूह ख़त्म नहीं होती बल्कि आपका जिसम ख़त्म होता है आपके जिसम को कीड़े मकोड़े खा लेते हैं मिट्टी आपको दबा देती है बिल्कुल ख़त्म कर देती है साल भर में आपका नामो निशान मिट जाता है उस कब्र से जिसको हमने दफनाया था वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता मिट्टी मिट्टी हो जाता तो अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारी रूह को पहले से ही आलम अरबा में पहुँचा देते हैं जिससे जिस, जिस हिसाब से जिसने अमल किया उसको वैसे ही उसकी सज़ा और जजा मिलती रहती है तो मेरे भाई यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि अल्लाह कह रहे हैं कि तुम लोग मरने के बाद बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते व अन्ला बाम फिलकबूर अल्लाह तुमको तुम्हारी कब्रों से दोबारा ज़िंदा कर देगा और अपने सामने खड़ा कर देगा और उन सारी चीज़ों के हिसाब दही आपको देना पड़ेगी तो यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आती है कि हम लोग जो है मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे ये कैसे ज़िंदा होंगे हम लोग इसकी नफी कर देते हैं ना कैसे अल्लाह हमको ज़िंदा करेगा तो अल्लाह अपनी कुदरत के दलाल देता बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह कहता है देखो अपने पीछे पीछे कहता है वालकतलकन इंसान अमिन तीन कि तुम क्या थे तुम कैसे एक इंसान बन गए हमने मिट्टी से तुमको बनाया मिट्टी से तुम्हारे उस मनी के कतरे को बनाया उस मनी के कतरे को हमने माँ के पेट में टिकाया उस माँ के पेट में उस मनी के कतरे को हमने पहले जमा हुआ खून बनाया फिर लोथड़ा बनाया फिर लोथड़े से हमने हड्डियाँ बनाई हड्डियों के ऊपर हमने गोश्त बनाया फिर हमने तुमको ऐसी जगह तुम्हारी हमने पैदाइश करी है उस माँ के पेट में यानी तीन तीन अंधेरियों में जिसमें कोई नहीं हमें दिख रहा क्या बन रहा है और उस माँ को मैं नहीं पता कि हमारे अंदर क्या पेट के अंदर चल रहा है ऐसा अंधेरा फी ूमा इनसलाज माँ के पेट का अंधेरा और ऊपर से उसकी खाल का अंधेरा फिर रहम की जिली तीन तीन अंधेरियों में अल्लाह हमारे नाक बनाता हमारी नाक बनाता हमारे कान बनाता हमारी आँखों को बनाता हमारी जबान को बनाता हमारे हाथ पाँव को बनाता हमारे चलने फिरने वाली टाँगों को बनाता हर एक, एक चीज़ को बनाता ऐसी जगह बनाता है कि मेरे भाई कितना टेक्निकल काम है देखो अगर एक गाड़ी बनती है वहाँ उसके जो पुरसे होते हैं हो, वहाँ जो मुलाजिम काम करते हैं लाखों लोग मुलाजिम काम करते हैं कोई उसकी गाड़ी को स्टेयरिंग बना रहा होता है कोई उसके पहिए को जोड़ रहा होता कोई उसकी सीट बेल्ट कट कस रहा होता है हर तरीके से काम होता है लेकिन यहाँ कोई डेंट पेंट नहीं करने वाला कोई मजदूर नहीं कोई इंजीनियर नहीं कोई ठेकेदार नहीं है कोई कुछ नहीं अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है कि देखो हम तुम्हारी ऐसी जगह परवरिश करते हैं और फिर तुमको कुछ दिनों के बाद इस दुनिया में लाते हैं जिससे तुम्हारे पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती तुम्हारे पास कान भी है नाक भी होती हैं भी होती हैं देखने वाली ऐसे अंधेरे में हम तुम्हारी दो दो आँखों को फिट करते हैं दे, देखो तो सही कि आँखें हम कैसे फ़िट करते हैं कैसी उसकी एडजस्टमेंट रखते हैं देखो तो सही तो अल्लाह अपनी कुदरत इस तरीके से पेश करता है तो मेरा भाई हमारे यहाँ तक बात समझ में आती है कि अल्लाह हम लोगों को दोबारा ज़िंदा कर देगा अब ये सच हमें क्या मालूम होता है कड़वा नहीं मालूम लगता है अब हमें पता चल गया ना कि इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा तो अब ये हमारे लिए कड़वा नहीं अब कड़वा क्या है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि इंसान मरने के बाद बिल्कुल ख़त्म ये हमारे लिए अब कड़वा है क्योंकि अब हमें पता लग गया ना बिल्कुल ख़त्म ख़त्म तो ये हमारे लिए कड़वा और हमें पता लगा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे हम सोच रहे हैं कि वहाँ भी मज़े वाली अपनी ज़िंदगी काटेंगे फिर से लाइफ को इन्जॉय करेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं मेरे भाई अल्लाह ने अब इसके बाद जो सच कहा वो मेरे भाई बहुत ही कड़वा बहुत कड़वा वो ये कहा लतुसअलय नईम आज जो तुम्हें फ्री की मुफ्त की न्यामतें मिल रही हैं उसका आज तुमसे हिसाब नहीं मांगा जा रहा कोई हिसाब नहीं मांगा जा रहा मेरे भाई देखो दिन का बदलना हमारे लिए नामत सूरज का निकलना हमारे लिए नामत सितारों का चमकना हमारे लिए नामत धूप का इस तरह सर्दियों में निकलना हमारे लिए नमत है या नहीं है अगर बताओ सूरज गायब हो जाए तो हमें कितनी दिक्कतें होती कितनी ठंड बढ़ जाती है हम फिर सोचते हैं कि अल्लाह थोड़ी बहुत धूप निकाल दे किस तरीके से मन्नतें करते हैं करते हैं नहीं करते है? तो बताओ ये हमारे लिए नामत है या नहीं है वैसे भी अगर सूरज ना होता तो बताओ आज हम लोग अपनी अंधेरियों में अपनी ज़िंदगी काट रहे होते या नहीं काट रहे होते तो मैंने भाई काट रहे होते तो ये हमारे लिए क्या है न्यामत ही नामत है हमारी आँखें नेमत हैं हमारा खाना पीना जो आज हजम हो रहा है पाखाने के रास्ते से जो निकल रहा है पेशाब के रास्ते से जो चीज़ हम पी रहे निकल रही है, ये हमारे लिए नेमत है या नहीं है मेरा भाई नेमत है हमारे लिए ये घर ठिकाना हमारा नेमत है हमें जो माँ मिली उसका साया मिला वो भी हमारे लिए नमत है कि उसने हमारी परवरिश करी अगर कोई दूसरी औरत होती कि हमारी ऐसी परवरिश कर सकती थी नहीं हमें बाप का साया मिला यह हमारे लिए नमत है लि� बाप ने हमारी माँ को इज्जत से रखा तहफ़ दिया उसको शल्टर बनाया ये हमारे लिए न्यामत है या नहीं है ताकि उसको रोडों पे लेके ना फिर उसको घर के अंदर रखे इज्जत के साथ ये हमारे लिए नियामत है या नहीं है नाक को बनाया जबान को बनाया हमारे लिए है या नहीं है नाक से हम क्या करते हैं सूँगते हैं आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं इन सुराखों से हमें क्या होता है दिखाई देता और इन सुराखों से हमें सुनाई देता और इन सुराखों से हमें सु, हम सूंते हैं कि कौन से आलात लगे होंगे कुछ दिखाई देता कुछ नहीं नाक के अंदर कुछ है दो अजीब सुराख हैं कुछ नहीं है तो ये अल्लाह की कैसी हमत है कि उसने हम लोगों को ऐसे अंदाज से बनाया है एक एक चीज़ उसकी कैसी दलालत करती है एक एक चीज़ कौन सी ज़ात है जो इस तरीके से कोई बना सके नहीं बना सकता एक इंसान को तो मेरे भाई अगर हम देखो कोई चीज़ लेके जाएंगे जाएँगे आँखों के करीब तो आंखें उसे नहीं बता सकती सूँग नहीं सकती कानों के पास लेके जाएंगे नहीं सूँग सकती जैसे ही हम उस चीज़ को नाक के करीब लेके गए नाक फौरन सिंगल लेती और बता देती है कि भीनी भीनी खुशबू आ रही है मीठी मीठी खुशबू फैल रही है बदबू सड़ी गली खुशबू बिल्कुल फूट रही है कौन से आलाद लगे कुछ नहीं दिखाई देता तो मेरा भाई हर चीज़ हमारे लिए न्यामत है या नहीं है अल्लाह कहता अगर हम तुमसे ये सारी न्यामतें छीन ले, तुम्हारा जो मैदा आज हज़म होता है आँखों से तुम देखते हो हाथों से पकड़ते हो पैरों से चलते हो ये तुम्हारे लिए न्यामत है अगर एक एक चीज़ हम मतलब तुम्हारी ज़रा सी भी कोई चीज़ ख़राब कर लें तो तुम कितने परेशान हो जाओगे कितने परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा हर चीज़ हमारे लिए न्यामत है हम सोचें कि हम इस न्यामत की कितनी शुक्रगुजारी गुजारी कर रहे हैं बिल्कुल नहीं मैं एक छोटा सा वाक्य सुना के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। एक बादशाह था बागी नाफरमान खुदा का नाफरमान मुनकर उसके पास बहुत सारा पैस, पैसा था आप जानते होंगे जब इंसान के पास किसी इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो अयाशी और म उसके साथ साथ आती है ग़रीब आदमी ज़्यादा दिन पर चलता बनस्बत पैसे वालों तो एक बुज़ुर्ग थे बादशाह ने उस बुज़ुर्ग से कहा कि मैं आपको आदि सल्तनत देना चाहता उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये आधी आपकी सल्तनत हमारी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं रखती है इसकी कोई कीमत नहीं है हमारी नज़रों में दो टके के बराबर नहीं है टका समझते हैं बांग्लादेश की एक करेंसी को एक रुपये को टका कहा जाता है इसकी कोई कीमत नहीं है तो इस तरीके से जब बुज़ुर्ग ने बातें करी तो बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि यार इसमें इतना सा माल है हमारी सल्तनत है दे रहे हैं फ्री में फिर भी नहीं मांग रहा है तो और ये बता रहा है कि इसकी कोई कीमत नहीं हमारी नज़र में ये कैसे नामुमकिन है तो बुज़ुर्ग ने कहा कि हमारी नज़र में तुम्हारी ये सल्तनत एक प्याले पानी के और एक पेशाब के कतरे के बराबर नहीं इस तरीके की और बातें करी तो बादशाह को और मिर्ची लगी कहने लगे ये कैसे नामुमकिन है बताओ ज़रा तो बुज़ुर्ग ने कहा कि देख तू पानी पीता रहे पानी पीता रहा पीता रहा एक दिन ऐसा हुआ कि तुझे एक ऐसी बीमारी लग गई कि अब ये तेरा पानी हलक से नीचे नहीं उतर रहा लग जाती बहुत दफ़ा आदमी को लग जाती किसी को भी कोई बीमारी लग सकती है बादशाह है, तो है तो उसे बीमारी लग सकती है गरीब आदमी है तो उसे बीमारी लग सकती है रिक्शा चलाने को भी और हवाई जहाज़ उड़ाने वालों को भी बीमारी लग सकती है हमें भी लग सकती है हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तो बीमारी किसको किसी भी टाइम लग सकती है तो बुज़ुर्ग ने कहा कि आपको एक ऐसी बीमारी लग गई और आपका पानी हलक से नीचे नहीं उतर रहा है बहुत आप मछली की तरीके से फड़फड़ा रहे हैं और उस वक्त में आप बुलाते हैं डॉक्टरों को आपने सारे एक एक तरफ से डॉक्टरों को बुलाया कोई इलाज नहीं कर पाया आपने हकीमों को बुलाया कोई नहीं इलाज कर पाया सब हकीम ने छोड़ दिया कहा भाई ये हमारे भा, क्या कहते हैं हद से बाहर रहे खोपड़ी से हमारी ये बाहर रही है मसला एक ऐसा हकीम आया जिसने कहा हम ये आपका इलाज कर देंगे और उसने शर्त बांध दी कि हम इस शर्त पर आपका इलाज करेंगे कि हम आपको एक ऐसा चूरन खिलाएंगे जो क्या होगा आपका पानी का प्याला जो अटका हुआ है ना मतलब हलक से नीचे नहीं उतर रही प्यास पानी नहीं उतर रहा यह आपका मैदे में फौरन उतर जाएगा उसकी एक शर्त यह है कि हमें आपको आधी सल्तनत देना होगी तो बुज़ुर्ग ने कहा बताओ अब आप उसको सल्तनत दोगे आधी या दोगे तो बादशाह ने कहा जी बिल्कुल देंगे जब मैं मरा जा रहा हूँगा फड़फड़ा रहा होऊंगा तो फिर मैं करूंगा भी क्या इस सल्तनत का मैं उसको दे दूंगा तो इस तरीके से वो आधी सल्तनत दे देता है फिर इस तरीके से बुज़ुर्ग कहते हैं आगे बादशाह कहता अगला प्रोसेस किया है तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अब ये जो तूने पानी पिया है ये पानी अब ये पेशाब बनके ना निकल रहा हो अब ये तेरा पेशाब निकल, निकलना बंद हो गया हो। तू अब तू फड़फड़ा रहा हो अल्लाह न करे किसी का पेशाब बंद हो आदमी को बड़ी बेचैनी होती है तो अगर सोच ये तेरा पेशाब बंद हो गया जो तूने पानी पिया अब तू फड़फड़ा रहा है तूने फिर से हकीमों डॉक्टरों सबको बुलाया लेकिन सब आजिज़ हो गए सब ने कहा हम नहीं कर सकते फिर वही पुराना वाला वो आया हकीम जिसने आपको चूरन पहले खिलाया था फिर वो आता है चूरन आपको खिलाता है जिससे आपका पेशाब भी तो वो इलाज की शर्त मांगता कहता हम आपका ये इलाज तो कर देंगे लेकिन उसकी शर्त ये है कि हमें जो बाकी आधी बची है वो भी हमें हमारे हवाले कर दो हमारे नाम कर दो तो इस तरीके से बुज़ुर्ग कहते हैं बादशाह से कि बताओ अब तुम क्या करोगे दोगे उसको या नहीं दोगे बादशाह कहेगा चलो भाई थोड़े से रियाल ले, ले लेते हैं थोड़ी थोड़े से सोने चांदी दे, दे देते हैं इसमें अपनी बात बना लेते हैं लेकिन ये समझ के तू उसके ऊपर किसी तरीके से जब्र नहीं कर सकता तो अब सोचो वो बादशाह क्या करेगा वो भी उसकी भी अगर अगर अपनी खोपड़ी से सोचेगा तो कहेगा मैं इस अपनी सल्तनत का करूंगा क्या जो मेरा एक पेशाब ही ना निकल रहा हो मैं मरने के करीब हूं मैं उसको दे दूंगा तो वो इस तरीके से अपनी आधी पूरी सल्तनत दे देता है तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमारी नज़र में तेरी ये पूरी सल्तनत ये अवकात रखती है तो मेरे भाई आज ये जो हमें नियामतें मिली हैं इतनी नियामतें मिली हैं तो वो हमारे लिए न्यामत हैं हम उसकी शुक्रगुजारी करें तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमारी नज़र में तेरी कोई वैल्यू नहीं है इस पूरी सल्तनत की हमारा अल्लाह दिन भर में लाखों बार पानी पिलाता है और दिन भर में जाने कितने बार पेशाब को रास्ते से निकालता है इसकी कोई हमसे कीमत नहीं मांगता कोई इसका बदला नहीं लेता लेकिन हाँ इसका बदला इतना है कि उसकी शुक्रगुज़ारी करी जाए उसका कहना माना जाए उसकी शुक्रगुज़ारी करी जाए शुक्रगुजारी कैसे जो उसके नमत का बराबर नहीं हो सकती है उस नमत के लेकिन हाँ कुछ तो उसकी शुक्रगुजारी हो रही वो शुक्रगुजारी है कि मेरे भाई जो भी हमें टाइम मिल रहा है हम नमाज पढ़ें फज्र की नमाज पढ़ें जोहन की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें ये अल्लाह हमसे अपनी शुक्रगुजारी मांगता है कि हम देखो तुम्हारे ऊपर इतने एहसान कर रहे हैं तुम्हारा भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ हक ज़रूर बनता लेकिन हम आज इतने गाफिल हो गए हैं आज हमारे लाखों न्यामतें मिली हुई हैं लेकिन हम इन नमतों की शुक्रगुजारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह मेरे भाई सबसे पहले हमसे यही पूछेगा कि हमने तुमको इतनी सारी न्यामतें अदा करी थीं इनको कहाँ कैसे इस्तेमाल करा हमने तुमको जवानी दी इस जवानी को कहाँ इस्तेमाल करा हमने तुमको इतना पैसा दिया इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल करा हमने तुमको इतना इल्म दिया इन इल्म को कहाँ खर्च करा मेरे भाई अल्लाह तनहाई में बुला के हमसे ये हिसाब लेगा क्या हमारे पास उस वक्त इन हिसाबों का जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई बहुत ये सस्ता है इस पर इस पर अमल कर लो मेरे भाई ये बहुत सस्ता है अगर अल्लाह हमसे हमारी आँखों की बीनाई छीन ले कानों में सुनने की ताकत को छीन ले नाक में सूँगने की ताकत को छीन ले जबान में जो बोलने की ताकत है उसको छीन ले तो फिर बताओ आज हम अगर कोई मिल जाए इन ताकतों को दोबारा देने वाला तो बताओ हम अपनी उसको जायदादें लुटा देंगे या नहीं लुटा देंगे अगर अल्लाह हमसे ये अपनी सारी ताकतें छीन ले और फिर हम अल्लाह से किस तरह हद करेंगे मजबूती से कि अल्लाह अब नहीं अब नहीं ऐसा गलती होगी अब हम तेरी शुक्रगुज़ारी करेंगे करोगे या नहीं करोगे कोशिश करोगे अल्लाह से दोबारा लेने की तो मेरे भाई अल्लाह ने ये दी है ये हमारे लिए नेमत है नेमत को नेमत ही समझे उसकी शुक्रगुज़ारी करें तो मेरे भाई अल्लाह ताल से दुआ करो कि अल्लाह त शक्र गुज़ार बंदा बनाएं अपनी न्यामतों की शुक्रगुज़ारी करने वाला बनाए एक एक चीज़ हमारे लिए न्यायत है अल्लाह ताली हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की